तो वीडियो की टाइटल थी से आपको पता ही चल गया होगी कि आज भी, आज की वीडियो किसके किसके ऊपर होगी क्या टॉपिक होगा हमारी वीडियो का तो चलिए रभी मैं एक बार बता देता हूँ तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टॉप तो टेन मोस्ट यूजलेस थिंग द वर्ल्ड हैज़ बीन एवर सीन तो हमारी पहली चीज़ की तरफ बढ़ते हुए रिमोट हैडबैंड भाई कसम से ए, इस चीज़ को मुझे देखते ही सबसे पहला ख्याल मेरे अंदर ये आता है कि जबड़ा टूट गया भाई इस बंदे का कसम से बता रहा हूँ भाई जबड़ा टूट रखा है जो नीचे ये जो लगा हुआ है ना इसके यहाँ गालों से यहाँ से कसम से इसे प्लास्टर कहते हैं हम प्लास्टर प्लास्टर ही कहेंगे एक तरीके से भाई ऐसा ऐसा लग रहा है कि इस बंदे का क्या कहते हैं सर भी फट रखा है कहाँ मार खा के आया भाई और कहते थे मतलब कोई बंदा इतना भी भुलक्कड़ हो सकता है जो बंदा किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ को रख के भूल जाए मतलब रिमोट को भूल जाए फ़ोन को रख के भूल जाए तो उसके लिए उसको इस उसको क्या कहते हैं उसको ये चीज़ देनी चाहिए कि इस आप हर चीज़ भूल जाते हो तो आप ए, ए, इस पर अटैच कर ले करो आपको फिर आपकी चीज़ आपके पास रहेगी आपको ढूंढने के लिए जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और मान लो कि आप ये घर में पहन के घूम रहे हो चलो मान ले आपने खरीद लिया घर में पहन के घूम रहे हो पर अगर उसी वक्त कोई आ गया तो भाई क्या होगा बस समझ चौड़े में बेजती होगी चौड़े में घर वाले और बोलेंगे नाक कटवाता रहता है हमारी तो और सेकंड नंबर पे हमारी है रिवॉल्विंग आइसक्रीम कोन तो इसमें क्या है ना कि जो हमारे आइसक्रीम पहले देखी थी अब, अब हमारी आइसक्रीम तो अभी भी अच्छी आती है जो आइसक्रीम होता है नीचे का कोन होता है हम उसे खा सकते हैं पर इसमें अलग है इसमें क्या है ना कि इसमें थोड़ा यूनिक आइडिया लगाया उन लोगों ने कि सबसे पहले कोन के पैसे बचानी चाहिए उन अब क्या कहते हैं वो सिर्फ ऊपर क्या कहते हैं आइसक्रीम रख के दे देंगे अगर और क्या कहते हैं इसका फ़ायदा बताया उन्होंने कि अगर मेल्ट होगी तो उसी में नीचे इकट्ठियत रहेगी और फिर उसके बाद आप आइसक्रीम खाने के तो उसे पी सकते हैं जो मेल्ट हुई होगी मतलब कसम से बता रहा हूँ पाँच रुपए की आइसक्रीम लाता हूँ मैं पाँच रुपये की आइसक्रीम लाने के बाद जो कौन खाने में मज़ा आता है ना आइसक्रीम खा लो ऊपर से कौन खाने में जो मज़ा आता है ना वो अलग ही होता है भाई इसमें ये कसम से हमें लूट लेंगे भाई ये सिर्फ आइसक्रीम हमारा काटा जा रहा है बहुत गंदा वाला काटा जा रहा है और सबसे अलग, सबसे सबसे अलग अलग दुनिया दुनिया से हट दुनिया से हटके हटके चीज़ है रोपलेस स्किपिंग रोप बिना रस्सी के स्किपिंग रोप मतलब बिना रस्सी के कूदने वाली रस्सी यार क्या कहे <laughs> ये कसम से क्या सोच के क्या कौन सा नशा करके कौन सा नशा करके बनाते हैं ऐसी चीजें ये लोग मतलब बचपन में हम क्या कहते हैं जो कोई सी भी रस्सी मिल जाए भले कपड़े टांगने वाली मिल जाए हम तो उससे भी कूद लेते थे पर आज भाई आज की क्या कहते हैं जनरेशन को चाहिए अलग अलग रोपलेस रोपलेस क्या कहते वो चीज़ था रोपलेस स्किपिंग रोप जिसमें रस्सी ना हो और क्या कहते हम बच्चों ने कुछ पैर फंसने के बाद चलो मान लिया कि हम तो जिंदगी में सौ भी पूरे नहीं कर पाए सौ बार नहीं कूद पाते भाई मैं लगातार सही बता रहा हूँ अभी तक मैं सौ सौ नहीं कूद पाता इसे और इसमें तो पता भी नहीं चलेगा इसमें बंदा हज़ार कूदले दो कूदले बंदे को पता ही चलेगा कि पैर अटके गए नहीं क्योंकि रोपलेस भाई द रोपलेस स्कीपिंग रोप है ये ये द यूनिक द यूनिक क्या कहते यूनिक इक्विपमेंट है एक तरीके से ये समझ लो हमारी फोर चीज़ें शू शू क्या यार कसम से थूकने का मन कर रहा है मतलब बंदे के सर पे छतरी हो या ना हो भले ही कुछ भी बंदे पे कपड़े ना हो पर जूतों में कह गए थे अम्ब्रेला होनी चाहिए कि भाई बंदा पूरा भीग जाए उससे ना कोई मतलब नहीं है जूतों में अम्ब्रेला होनी चाहिए क्योंकि जूते नहीं भीगने चाहिए इंसान वाले ऊपर से कितना भी वीक जाए बाढ़ आ जाए डूब जाए बंदा जो ते नहीं बीकने चाहिए भाई अम्बरे लगा रखी है आगे यार कैसी कैसी चीजें बनाते हैं और अगली चीज है आई एम अ रिच ऐप मतलब मैं अपने आप को रिच दिखाने के लिए ऐप डाउनलोड करू मैं रिच हूं मैं रिच आई एम अ रिच बेबी कुछ भी भाई इसे खरीदने बैठूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा अभी जितना वो मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास में आऊंगा कसम से भाई कितना कितने महंगा है भाई ये डॉलर में इंडियन रुपीस में होता तो चलो मानते भी डॉलर में नौ सौ निन्यानवे पॉइंट निन्यानवे डॉलर भाई इतने में मैं भी ना बिकूँ जितने का ये ऐप है मेरे से ज़्यादा कीमत है इस की सही बता रहा हूँ गोल्ड फिश वर्गर इतना खास नहीं लगा मुझे पर सबसे खास में नूडल फ़ैन लगा मतलब अभी तो देखो कि आप इस फोटो को देख रहे हो इस फोटो में क्या कहते एक, एक एक गर्ल के एक लड़की मतलब एक लड़की नूडल्स खा रही है और क्या कहते मुँह से फूंक नहीं मारी जाएगी फिर उस पर मुँह से फूंक नहीं मार सकती क्यों क्योंकि भाई मुंह से फूंक मारे तो थक जाएगी थक जल्दी जाते यार लोग इसलिए चॉप स्टिक्स पर ही फैन अटैच कर दिया कि हमेरे नूडल्स भी ठंडे होते रहे मैं खाती रहूंगी कुछ दिनों में क्या कहते हैं फैन की पावर कम पड़ जाएगी लोग एसी जोड़ने लग जाएंगे एसी अगर इसके साथ एसी जोड़ेंगे तो कैसा लगेगा इमेजिन कर रहा हूँ एक बार अभी तो गु लग रहा है ऐसे ज्यादा और गु ही लगेगा सही रहेगा तो। और अगली चीज है बेरफुट शूज मतलब जो शूज़ हमारे पैरों को बचा नहीं सकते वो फिर शूज़ कैसे मतलब हमारे शूज क्या कहते हैं ये पथरीले सरफेसिस पे बचाने के लिए एक तरीके से बने हैं कि हम कहीं पे भी जाए तो पैरों को कुछ ना हो और इन शूज़ के नीचे सरफेस ही नहीं है बंदे का पैर नीचे से खूनम खानों कोई मतलब नहीं ऊपर से टिप टॉप दिखना चाहिए हाँ ऊपर से एकदम सही पैर है बंदे का मतलब क्या कहते वो कहावत है ना कि क्या कहते इंसान की बहन उसके इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है ये कहावत ये कहावत लागू तो होगी वैसे इस पे, पर अब कहावत थोड़ी बदल देनी चाहिए पूरे जूते देख के पहचान करनी चाहिए आदमी की कितने गरीब भी हो सकते हैं कि नीचे का सरफेस ही ना हो कैसे अगर ऐसे जूते आ गए तो क्या होगा मेरे पर जितने जूते पड़े सबका सर्फेस काट दूंगा बन गया नया फैशन बीच में एक फैशन चला था ना कि पैंटों के साइड में वो बेल्ट क्या कहते हैं वो लगी आ रही थी स्ट्रिप सी तो कसम वो फैशन मुझे अच्छा तो लगा था पर वैसे किसी भी क्या कहते हैं उसके पास गया ना क्या कहते क्या कहते कप, कपड़े सिलने वाले लोग होते ना तो उनके पास गया तो उन लोगों ने मेरी पैंट करने के लिए मना कर दिया वो कह रहे सर एक पैंट एक पेंट को कब तक करवाओगे और दसवीं चीज ये मेरी आंखें फोड़ देगी भाई दसवीं चीज आई पॉटी मतलब अब एप्पल टॉयलेट सीट बनाएगा वो भी उसमें टैबलेट अटैच करके कि बच्चा बोर ना हो जाए अभी मिक्की माउस देख रहा है फिर क्योंकि तो थोड़ी देर में डोरेमोन देखेगा फिर चिंचन देखेगा बोर ना हो बोर नहीं होना चाहिए भाई बच्चा बोर नहीं होना चाहिए अभी तो देखो नेटफ्लिक्स भी चलेगा कुछ देर में इसमें यार ऐसी चीजें देख के भाई कसम से अंधे हो अंधा हो जाएंगे किसी दिन